आज तो तो से गेम गेम गेम तो हम खेलने जा रहे हैं फिर गलत हो गया एक वाला इस गेम का नाम है ये क्या बोलते हैं अरे बोली जाए मेरे को ये देखने जा रहे हैं आप सेल्फ तो और सिंगल सिंगुलरिटी सबसे पहले स्टार्ट सब हुआ था हमारे पास अर्थ से तो अर्थ से जब ये पहुँचा यहाँ पर मतलब थोड़े बहुत सेल्फ वगैरह बनने लगे और फिर ये देखो कैसे कैसे सेल्फ बने मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से दिखाता हूँ ये धरती में सबसे पहला बना एम एसिड फिर डीएमए से हमारा प्यारा प्यारा नहीं मतलब वाला टाडरा पैड के बाद आया अरे ये नहीं के राबिट्स। राबिट्स के बाद बाद क्या ये ये कौन है चूहा है और भी बहुत सारे आई क्या हो गया और अरे हट हट हट ह्यूमन को देखने दे चूहे तो ये देखो तो हम लोग आए इस एज में मैंने पहले मैं आपको तो सारे एनिमल नहीं दिखाते थे और फिर मतलब हमारा प्यारा मेमरल है टोटल फिर एप फिर एप से हुई इवोल्यूशन और एप से बन गए ये लोग ह्यूमन्स और फिर ह्यूमन्स बनने के बाद ये देखो सबसे पहले साइकिल ये है कि ये एप्स फिर थोड़ा इंटेलिजेंट हुए और आग जलाना सीखे फिर इसके बाद ये वाली कौन सी ये वाली एज हुई मतलब इसमें इन लोग घर बनाना सीखे घर फिर कपड़े पहनना सीखे फिर ये वाली एज हुई इसमें इन लोग आयरन मतलब ये अलग अलग मेटल्स बनते थे और ये वाली एज हुई जिसमें अलग अलग गेम्स खिलाते थे मतलब खिलाते थे दो जन फाइटिंग करवाते थे और और लास्ट में एज ऑफ डिस्कवरी ये है जिसमें पढ़ाई वगैरह का बारे में अलग अलग चीज ये तो पता नहीं क्या है मतलब वॉर और के बारे में इसमें बताया गया आप लोग अगर इससे भी तांग तो मैं अरे बाकी कुछ आता नीचे सबसे पहले मैं ना होम स्टार्ट तो मून ये सब पूरा वगैरह वगैरह पूरा बन गया रिक्वा तो हम लोग क्या बात कर रहे थे देखिए कितनी बड़ी चेन है। और मैं आपको ये चेन ऐसे नहीं दिखा सकता देखिए, देखिए, देखिए, देखिए, देखिए किधर तक जाएगी ये चेन? वो तो मुझे भी नहीं पता अभी आर एन ए चल रही है अरे मैं फोटो की जा। तो, ने फोटो खींचा ने एज ऑफ डिस्कवरी चल रही है मैं ये खरीद लेता हूँ खरीद लें हम लोग और देखते हैं क्या क्या खरीद सकते हैं टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप ये सब भी खरीद सकते हैं पैर वगैरह वगैरह ये सब खरीद चुके हैं लगते हैं ह्यूमन्स के बाद ह्यूमन्स बहुत सारे हो चुके हैं अन प्लान पे अब जाके हम देख लेते हैं एक बार देखो क्या में ये मेरे इस कितने ह्यूमन्स हैं छुटे हुए सब ये दो इधर खड़े पाएंगे वो देखो अरे नहीं अरे नहीं अरे रूप जल्दी जल्दी जल्दी ये में गाइस अपने पीरियड लेके से है इसे जिसको भी अगर कोई भी गेम अगर आपको चाहिए ना आप डिस्क्रिप्शन में से देख के डाउनलोड कर सकते हो मैं अभी दिए निंक्स कुछ कुछ के पर स्टार्टिंग के जो गेम्स है जाके उन्हें देख लो और फिर डाउनलोड कर लो फिर डाउनलोड कर करने के लिए पहले तो आपको थोड़ा बहुत ये लगेगा मतलब तो पहले सब्सक्राइब करना फिर करना पड़ेगा, पड़ेगा, लाइक तब जाके ये। अरे रुको रुको। मैंने अभी तो सिर्फ सेल्स ये दिखा रहा था पर अभी देखो अरे कल। कोई बात नहीं चलो मिल जाए बढ़िया ये देखो यार और ये पैरा पर इसमें क्या नहीं सबसे पहले आता है आरचो सौरभ अरे रेट आरचा मांसाहारी है। फिर आता है हमारा ये सौरभ फिर आता है हमारा सौरस फिर आता स्टार्ट शर्ट्स फिर आते हैं ये पेटर्न डिया को बाय कर लेता हूँ पहले ठीक चला जा रही है ये ओपन जियो ओके ओके ओके ओके ये बाय हो गया अब ट्राई सेल्स ऑफ मेरे को एंड आई में सेल्स बाय कर लेते हैं मैं भी ओपन जियो ऐड कर लेता हूं ये भी हो गया अब एंजाइलोस वाला उसके बाद ये हो हो हो गया, गया, तो गया, कुछ हो गया। ए, कुछ कुछ ज़्यादा ज़्यादा तो नया खुला है अभी नहीं बरसाना पहला पेट्रॉनोल को कर लगा और फिर अब हम लोग एस्टरयड गिरा अरे नहीं नहीं पहले ये पैसा ले को बस अब हम एस्टरयड गिराने वाले सब पूरी डायनासोर की प्रजाति मारी जाएगी और ये पूरी डायनासोर की प्रजाति मर चुकी है 25 features and the crocodile adaptive simulation wow petrols aur si sab woh gira woh gira maine ja ke main isko khareedunga archosaur orange toh are paisa nahi hai manne tabhi ek wala do wali अभी बाय करना ही पड़ेगा मुझको तो। अच्छा मुझे और की फोटो लेनी पड़ेगी पहले तो ये जरूरत ले नहीं है और और पिता बन रहा है जो मेरा है मेरा वाला है ये रहा है ये हमारा है आप मुझे ये खोलना जो कार्ड पे पता नहीं क्यों बार-बार कार्ड दिखाता है ओके मैं इस पे जाके एरर को बोल बैलेंस स्टाइल में से पता क्या आ रहा है पहचानना करो हम पता है ना कि क्या नहीं कर रहे हैं कौन क्या है फिर अरे हंड मिलियन मिलियन की बात कर रहा है ये पागल हो गया लगता है ये अब जाके हम अपने डायनोसोर्स को देखते हैं ये देखो ये है अपना ये इसके बारे में और बातें करनी है करना और फिर कहीं आज के जगह जितना ही आप बोलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जा लाइक करो और फिर सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों में शेयर करो और फिर आप लोग अपने मतलब और ज़्यादा देखो देखो मना नहीं कर रहा पर प्लीज़ सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब इम्पोर्टेंट कर और हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए इसलिए सब्सक्राइब का बटन बट प्रेस करो फिर उसके बाद ये जो आता है एक बेलाइकन का बटन आता है उसको भी प्रेस कर देना तब हम लोग आप हमको आपकी बहुत सारी मतलब आपको हमारी बहुत सारी नोटिफिकेशन मिल सकती है तब थैंक यू तब तक के लिए बाय मैं आपसे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज मैं आपसे वो कर रहा हूँ ये मैं आपसे बेनती कर रहा हूँ प्लीज़ मेरे इन लोग को ये मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो और मैंने आपको बताया भी ताकि मेरे दो और चैनल्स हैं तो प्लीज़ उनको भी उनको भी प्लीज़ कर दो तब कुछ हो सकता है बाय